हेलो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि ई श्रम कार्ड किस प्रकार अपडेट किया जाता है क्योंकि हाल ही में लोगों के मोबाइलों पर अभी ई श्रम कार्ड अपडेट करने के लिए मैसेज आए हैं तो इसके लिए हम आपको प्रोसेस बताते हैं क्योंकि कुछ लोगों का पैसा ई श्रम कार्ड में नहीं आया और कुछ लोगों का आया है तो अपडेट करने से आगे शायद आप लोगों का पैसा आ जाए तो इस वजह से इसका हम प्रोसेस बताते हैं कि, कि किस तरीके आपको अपडेट करना है तो चलिए शुरू करते हैं आप कोई भी एक ब्राउजर खोल लीजिए उस पर आपको लिखना है सरकारी रिजल्ट सरकारी रिजल्ट लिखने के बाद आप उसको ओपन कर लीजिए ओपन करने के बाद सरकारी रिजल्ट पे आप सबसे लास्ट में आइएगा जहाँ पे इम्पोर्टेंट का ऑप्शंस दिख रहा होगा आपको उस पर ई श्रम कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस, इस पर क्लिक करें इस पर क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और आने के बाद अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है तो यहाँ पर आप तीन डॉट पे क्लिक करें तीन डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड अगर आप पहले से बनवा चुके हैं तो अपडेट के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है अपडेट प्रोफाइल इस पर क्लिक करें इसके बाद आप अपना आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करें कैप्चा दर्ज करने के बाद सेंड ओ पर क्लिक करें अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओ जाएगा उस ओ को यहाँ दर्ज करें इसके बाद कैप्चा डालने के बाद सबमिट करें सबमिट करने के बाद आपको आधार नंबर फिल करना है ओ सेट करने के बाद आपके मोबाइल पे एक ओ जाएगा उस ओ को आप यहाँ पे दर्ज करें ओ टी पी दर्ज करने के बाद आप वैलिडेट पे क्लिक करें और आप देख सकते हैं आपकी प्रोफाइल खुल करके आ चुकी है अब इस प्रोफाइल को आप अपडेट जो भी करना चाहें आप अपडेट कर सकते हैं इसके बाद आई एग्री दैट आर इंफॉर्मेशन अबाउट आर करेक्ट पे क्लिक करके अपडेट ईकेवाईसी के पर अपडेट करें देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा जिसमें आपको अपडेट प्रोफाइल डाउनलोड यू कार्ड इन दोनों में से अगर आपको डाउनलोड करना है यू कार्ड तो आप उस पर क्लिक करें वरना अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं अपडेट प्रोफाइल इस तरह से कई कॉलम आ जाएंगे जिसमें से पर्सनल इंफॉर्मेशन, एड्रेस एजुकेशन एंड इनकम ओकेपसन स्किल बैंक अकाउंट डिटेल और प्रोवाइड प्रोफाइल इनमें से आप जो भी अपडेट करना चाहें आप कर सकते हैं जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन पर हम क्लिक करते हैं इसके बाद आप देख सकते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन में जो आपने पहले दर्ज किया होगा वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा इसके बाद आप इसको चेक कर लीजिए चेक करने के बाद जहाँ पर भी कुछ गलती समझ में आए आप इसको सही कर सकते हैं ए, आप इसको सही तरह से चेक कर लें और चेक करने के बाद अपडेट पर क्लिक करें फिर इसके बाद आप एड्रेस को चेक कर लें अगर एड्रेस कहीं पे गलत है तो आप उसको भी सही कर सकते हैं इसके बाद हमारा एड्रेस भी सही है तो इसको भी हम अपडेट कर देते हैं इसके बाद एजुकेशन एंड इनकम इस पर क्लिक करें और इसको चेक कर लें इसमें भी सब कुछ ठीक है तो इसको भी आप अपडेट कर दें और कंटिन्यू करें इसके बाद ओकेप्सन एंड स्किल इस पर क्लिक करें इसके बाद आपको अपना वर्क यहाँ पर डाल देना है जो भी आप वर्क करते हूँ वो वर्क आप यहाँ पर डाल दीजिए इसके बाद आप कितने साल से इस काम का एक्सपीरियंस है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए ऑटो सर्च इसके बाद बाकी ये कोई मैंडेटरी नहीं है आप डालना चाहें तो भरना चाहें भर सकते हैं या कोई ज़रूरी नहीं है इसके बाद आप इसको अपडेट कर दें कंटिन्यू पर क्लिक करें कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपकी बैंक डिटेल ये बैंक डिटेल का ऑप्शन आएगा इस पर क्लिक करें और अगर आपने बैंक अपना डाल रखा है तो आप उसको चेक कर लें और अपडेट कर दें अगर नहीं डाल रखा है तो आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल सकते हैं अब हमारे केसेस में ऑलरेडी पड़ा हुआ है और अपडेट है तो इसमें हम इसको कोई चेंजिंग नहीं करेंगे और इसको इसी प्रकार अपडेट कर देंगे कंटिन्यू तो पर क्लिक कर देंगे इसके बाद प्रोवाइड प्रोफाइल इस प्रोफाइल को हम चेक कर लेंगे कि हमने जो भी भरा है क्या वो बिल्कुल सही है कहीं पर अगर गलती होगी तो हम आगे उसको एडिट भी कर सकते हैं हमारे केसेस में जहाँ तक सारा फॉर्म एकदम सही है और इसको अब हम अपडेट कर देंगे या इसका हम अगर चाहें तो प्रिंट भी ले सकते हैं लेकिन हमको प्रिंट की आवश्यकता नहीं आप चाहें तो ले सकते हैं इसके बाद हम बैग पर आएँगे और बैग पे आने के बाद यहां से फिर बाहर जाएंगे बाहर आने के बाद डाउनलोड यूएनए कार्ड पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा कार्ड जनरेट हो गया है और हमने जो अभी ए, अपना वर्क चेंज किया है वो वर्क भी आ, आ गया है अब इसको अब हम डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड यू पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं इस तरह ये कार्ड हमारा डाउनलोड हो जाएगा तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा और इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी हो करते रहें उसके बाद हम इसी प्रकार से आपके लिए एक नई वीडियो लाते रहेंगे पर डे धन्यवाद दोस्तों